Happy new year, baby. Mm, happy new year के में। की बात छोड़ी हमरा आय बजबो न करेला बजियो से नया साल चले ले अब नया नया पटा हाँ तो कुछ चेंज होते, तो होते। नहीं सच कहल हाँ तू तो निक जगह से मुर्गा बने ले। छोड़ी झगड़ा हमारा से टाइम पास के ही छोड़ी तू बेकार में Yeah. भी लग गया भर भर चेंज चेंज नया नया नया नया साल साल में में करेंगे अरे सब कुछ नया साल में चेंज होगा तो बॉयफ्रेंड क्यों नहीं वो भी चेंज होगा अगर बा कौन खिलाड़ी संग पड़ गो जिंदगी चेंज कर दिलक <laughs>